तुम थे तुम हो और तुम ही रहोगे कुछ इस तरह के अल्फाज थे उसके जो की हकीकत नहीं बन पाए दर्द में भी ये ये हर हर हर हर लम्हा लम्हा मैं मैं कैसे खुद से ये कहता। अब क्यों जलते हो मुझसे क्या बीमारी है अजी क्यों जलते हो मुझसे क्या बीमारी है रे मोडे तो सची समा भी हसीन लाइट लाइट I like you like me, my country, sure. तुम बस हाथा में रखना साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी कन्या तुम्हारी और ये बात मैं तब सीख ली थी जब मैं 16 साल का था कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है ऐसे नहीं। ऐसे नहीं नहीं नहीं शिकायत तजुर्बा है साहब कदर कदर करने वालों की कदर नहीं होती आपके साथ ऐसा होता है क्या जब किसी को मारो उसकी शकल अपने जैसी लगने लगती है मैंने लाइफ में जितने मर्डर किए सब मैं अपनी शक्ल देखी भैया अपनी गर्लफ्रेंड सुना दो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हाँ भैया की एक बार हंस के देख लो दिल ले जाओ करके पैक वाह वाह। एक बार हंस देख लो दिल ले जाओ करके पैक और ये तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है के दिखा देगी, तो आ जाएगा हार्ट अटैक <laughs> <laughs> कौन है साहब मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका मुझे उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करना है मुझे अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार आगे देख कहाँ कहाँ जाता हूँ मैं Hello guys. अबे! क्या हुआ? अरे फ़िल्टर तो लगा oh, sorry, sorry, sorry, क्यों? <laughs> अबे कितनी गंदगी दिख रही थी बेबी तुम मुझे कभी सरप्राइज क्यों नहीं देती हो ये लो मेरा नया गॉयफ्रेंड <laughs> मैंने एक लड़की को कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं तो उसका रिप्लाई आया कि ब्लॉक कर रही हूं बर्दाश्त कर। <laughs> कल उसका हैप्पी बर्थडे था और वो स्कूल में टॉफिया लेके आई थी और उसने मुझे सिर्फ एक ही टॉफी दी रखो <laughs> तेनु फेर मिलांगी। आए, आए, <laughs> तेरी आए, लकीर बनके पर मैं तेनु फेर मिलांगी। अबा, अबा, भाई ये देख तेरा मेरा <laughs> आए, तेरा मेरा मतलब 13 है ओए सागिर कहा जा रहा है भूल गया क्या हमें अपना ही घर बनाने के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है सीमेंट के कट्टे लेने आए, बढ़िया सेल्फी के चक्कर में मैंने दो फोन बदल दिए जब तीसरा बदला तो समझ आया समस्या कैमरे की नहीं थी मेरे। जी, पास टाइम नहीं और तुम्हारे पास बचा नहीं है। समझो तुम एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हो जो गरीबों को लूटता है और मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ ले लो ना क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर लंबे दांत हैं, लंबे लंबे नाखून हैं मेरे मेरे मेरे पैर पीछे हैं, लंबी है। नहीं है ना? डरने की बात नहीं लॉजिकल बात कर रहा हूँ नहीं है नीपरी क्या हो गया किसने मार दिया अबे ब्रेकअप करके बोलती है तेरे से थे छत्तीस आते हैं छत्तीस जाते हैं मैंने बोल दिया भगवान करे तेरा धंधा ऐसे चले बोल रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगले जन्म में चला ऐसा खेल रेचे मैनू तो बड़ा के ये जो लड़की देख के जन्म से गाड़ी निकालते हो बगल में से पुरस्कार मिल जाता होगा आगे जाकर नहीं बेटी बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही हो तुम शायद हमें तुम्हारी शक्ल देखने का शौक ही न हो इसलिए गाड़ी हम छन्न से निकाल लेते हैं कल मैं अपनी सेटिंग को लेकर भाग गया फिर मेरे ससुर का कॉल आया मेरा ससुर बोला जनाब जनाबित गिर फांसी लगा ली हिंदुस्तान में अगर कही जन्नत है ना तो वो सिर्फ गोवा में है भाई ये मुंबई है अच्छा मुंबई में भी है <laughs> बाहुबली में भी एक शायर ने क्या खूब कहा है <laughs> <खिल्म्ड़ दवरु मुंदे। laughs> भाई ये तक आईफोन तेरा मतलब उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं पूरा आसमान अपनी मुठ्ठी में करना है मुझे अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार आगे देख कहां कहां जाता हूं मैं स्टाइल मेरा कैरेक्टर मेरा लाइफ मेरी बट प्रॉब्लम दुनिया को जाने प्यार मेरा। हम भी निकले थे मोहब्बत के सफर में खर्चा बहुत था वापस आ गए ये किस <laughs> वो किस्सा इश्क़ का बड़ी लंबी कहानी है मैं किसी ग़ैर से नहीं ख़राब किसी खा की मेहरबानी गुज़ारा हो गया अल्लाह दी कसम अल्लाह दी कसम मैं तू ना प्यारा हो गया गलत छापा है, है गुंडा नहीं, नहीं का बाप अगर तूने आज मुझे नहीं बोला, तो मैं इसी सड़क पे गाड़ी के नीचे आके अपनी जान दे दूंगा इस पे गाड़ी ना आती उस पर चला मैंने कैंसिल कर दिया, दिया। मरू मन नहीं मरने को